बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं क्योंकि खुजली आपको हुई है आप ही को मिटानी पड़ेगी आप जो आप हैं वो आपने बनना चाहा था और अगर डिसपॉइंटमेंट आ रहे हैं तो आप तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि आप ही ने चाहा था ये बनना तो बस यही था कि 10-12 साल तक मैंने सोचा था 10-12 साल जब स्ट्रगल हो गए तो मेरे बहुत ज्यादा वो भी हुआ कि यार छोड़ के चले जाते हैं कुछ काम मिल नहीं रहा क्या हो रहा है कुछ पता नहीं आई डों मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा फिर ये होता था कि नहीं मेरी मदर जो है ना एक लेटर लिख के लिखती थी मुझे हमेशा तब मोबाइल वोबाइल नहीं आए थे पेजर, पेजर आए थे तो पेजर यहां पर पे लगा के चलते थे हम लोग जब उनको मालूम हो जाता था कि भाई बंदा जो है ना थोड़ा सा फ्रस्टेशन में है डिप्रेशन में है क्योंकि काम नहीं मिल रहा तो मेरी बात मुझे एक लेटर लिखती थी उस पर लिखती थी कि लिखने के बाद एक लास्ट में लिखती थी कि 12 साल में कचरे के दिन भी बदलते हैं। तू तो इंसान है तू तेरा दिन भी बदलेगा तो उन सब चीजों को देख के कोई एक शेर कोई एक कोटेशन कोई इस तरह की जो मोटिवेशन मोटिवेट करती है जो लाइन आपको उनका रहना उनपे बिलीव करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वही चीज़ आपको मोटिवेट करती है आगे बढ़ाने के लिए और जब ख़राब वक्त होता है आपको वो लाइन्स वो पोइम्स वो वो सारी चीज़ें आपको संभल देती है मजबूती देती है ताकत देती है और मैं जिस गांव से आया था डिस्ट्रिक्ट मुजफ़्फ़रनगर के एक छोटा सा गाँव था बुढ़ाना जब हमने शुरुआत की थी वहाँ पे जब मैं था वहाँ पे वहाँ पे लाइट भी नहीं थी एक घंटे के लिए रात में कभी आ गई या एक महीने के बाद हल्का सा मुंह दिखा के चली गई इस तरह की लाइट इस तरह होती थी वही लैंप पे पढ़ना स्टार्ट किया लैम्प तो छोटे से गाँव से आने के बावजूद फिर दिल्ली हमारे दिल्ली मतलब छोटा सा उससे बड़ा शहर भी हमें ऐसा लगता था पता नहीं क्या है पहला मतलब डर लगता था मैं जब मुंबई में आया था तो मैं पंद्रह दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकला था क्योंकि इतनी स्पीड देख रहा था मैं कि इतनी स्पीड में तो हम चल ही नहीं पाएंगे इस शहर के साथ शायद हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी तो इस तरह के डर थे लेकिन ऐसी जगह पे ऐसी जगह पे आ गए थे कि अब जाना भी मुश्किल था तो मतलब वापस नहीं जा सकते थे वापस इसलिए नहीं, नहीं जा सकते थे कि बहुत सारे डर थे वापस अगर चले गए तो थिएटर के जो मेरे दोस्त थे वो वो बोलते क्यों भाई वापस आ गए तुम भी जैसे बहुत सारे लोग वापस आ रहे थे तो तुम भी वापस आ गए चलो लग जाओ ठीक है गांव में इसलिए नहीं जाता था अपने कि जो पहले ही बोलते थे वो लोग शक्ल तो देख ले फिर हार के उनके सामने चला गया तो क्या बोलेंगे अब हमने वो तो वही बोलेंगे कि हमने तो पहले मना किया था कि मत जाओ क्या सूरज शक्ल तो थो थोड़ी ही थी तुम्हारे स्टार बनने की एक्टर बनने की तो ये बहुत सारे डर थे जिसकी वजह से मैं अपने ना तो गाँव जाता था ना जहाँ से ट्रेनिंग ली थी दिल्ली से नमाज जाता था मैं मैंने जो भी है मरना जीना मुंबई में ही होगा रे बा सक्सेस की सक्सेस अगर तीस साल बाद भी मिलेगी उसके लिए भी मतलब तैयार रहना चाहिए सक्सेस की कोई डेट नहीं होती कोई तारीख नहीं होती कोई टारगेट नहीं होता कि इतने ही दिनों में मिल जाएगी इंसान का काम होता है आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ ना हमेशा अपने आप को लाइफ में पुश करते रहो और पैशन पैशन के साथ जिस भी आप काम में हो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पैशन पैशन के साथ लगे रहना बहुत जरूरी होता है पैशन से क्या होता है जिस भी आप फील्ड में होते हैं उसकी डिटेल्स डिटेलिंग्स मिलनी शुरू होती है जैसे जब आप समंदर में देखते हैं समंदर देखते हैं समंदर की जब गोता मारते हैं, नीचे जाते हैं तो आपको एक धीरे धीरे बहुत कुछ दिखाई देना शुरू होता ऐसी आपका भी फील्ड है कोई भी हर फील्ड ऐसे ही होता है उसमें असीम संभावनाएं होती हैं इतनी पॉसिबिलिटीज होती है, है कि थिंक दुनिया का हर हर काम में इतनी पॉसिबल सिर्फ अगर एक दर्जी है पेंट सीता है एक हजार तरीके के पेंट सी सकता है वो अगर वो चाहे तो अगर उसने नहीं चाह तो वो जो ट्रेंड चला रहा है वही सीता जाएगा लेकिन अगर उसने चाह लिया कि मैं ऐसा कुछ मैं ऐसा कुछ करता हूं तो एक हजार तरीके के पेंट उसी में एक तरीके की सी देगा वो पेंट ऐसे हर फील्ड में पॉसिबिलिटीज बहुत होती है और एक परफेक्शन होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग हम लोगों ने ट्रेनिंग इसलिए ली कि परफेक्शन आ जाए अपने काम में जैसे एक मैंने एग्ज़ाम्पल सुना था कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये चूंकि मैंने बचपन में सुनी थी उन पे दिमाग उन्हीं को अपनी लाइफ बना के आगे बढ़ा तो आज यहाँ पे हूँ इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं उनको सुनना बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए कहते हैं कि एक बहुत बड़े पता नहीं ये सच है झूठ है मुझे नहीं, इतना ज्यादा नहीं मालूम बट कोई बहुत बड़े इंसान हुए लेकिन वो पहले मोजी थे जूता सीते थे लेकिन जूता जहां से सीते थे ना वहां से कभी फटता नहीं था वो भले दूसरी जगह से फट जाए लेकिन वहां से नहीं फटता था क्योंकि उसका पैशन था जूता सीना काम भले वो है वो लेकिन उस काम में भी उनका का पैशन है तो इसी वजह से वो इतने पॉपुलर होते चले गए कि यार जूता फट गया लेकिन सिलवाना वहीं जाके क्योंकि जा, अगर उन्होंने सी दिया वहां पे जिंदगी भर वहां से जूता नहीं फटेगा तो छोटी छोटी, छोटी चीजों में ये जो परफेक्शन पैशन ये सारी चीजें होती है जो आपका आगे बढ़ाती है बहुत आगे ले जाती है लेकिन उसके वही है कुछ चीजों का होना बाकी बहुत जरूरी होता है फिर एक्सपीरियंस आपका आपकी नॉलेज जैसे मेरा मानना है कि मैं कभी मैं आई एम सॉरी टू से बट मेरा खुद का मानना है कि मैं लक पे बिलीव नहीं करता हूं मेरे सामने आज तक मेरी मेरे सामने लकीली कोई चीज नहीं हुई कि मैं लकीली यहां तक पहुंच गया आज जो आप प्रोमो देख रहे थे जो क्लिपिंग्स देख रहे थे मेरी मैं लकीली नहीं पहुंचा यहां पर मैंने उसके लिए मेहनत की है मैंने उसके लिए नॉलेज इकट्ठी की है मैंने उसके लिए ट्रेनिंग ली है अगर लक पे डिपेंड करता ना मैं तो अपने एक रूम में रहता देखता हैं यार लक जब होगा तो हो जाएगा ऐसा थोड़ा ना होता है ठाकरे बाड़ा साहब ठाकरे का जब मैंने रोल किया तो वो लकीली नहीं हो गया उसके लिए एक महीना में पहले हारमोनियम पे बैठा मैं कि बाड़ा साहब कहाँ से बोलते हैं उनका सुर क्या है उनका टेक्सचर क्या है उनकी वॉइस का उनकी वॉक कैसे है वो चलते कैसे हैं उनका वेट किस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड करता है हर आदमी का जो वेट होता है किसी का थाइस पे होता है किसी का फुट पे होता है किसी का बट पर होता है वेट किसी का कमर पर होता है हर आदमी का एक वेट शिफ्ट करने का एक अलग तरीका होता है तो मैं हम लोग इतनी डिटेल में जाते थे कि बाड़ा साहब किन चीज़ों पे वेट कर रख के चलते हैं ऐसे चलते हैं कोई या तो ऐसे चलते हैं या ऐसे चलते हैं ये क्यों? मैं इस तरह की बहुत सारी डिटेल होती है जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पता चलते हैं मेरे सामने इतने चैलेंज थे जब मैं बाड़ा साहब का रोल कर रहा था तो वो मिमिक्री भी नहीं होनी चाहिए कॉपी भी ना हो जैसे अमूमन अक्सर होता है जब हमारे यहाँ बायोग्राफी की जाती है तो हम कॉपी कर देते हैं उसकी कॉपी करना मतलब अगर हम किसी की कॉपी कर रहे हैं या मिमिक्री कर रहे हैं तो वो वीकनेस समझे जाती है क्या आप वीक एक्टर हो और ये बात मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था मैं ट्रेनिंग के फायदे बता रहा हूं आपको जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था ये हमें तभी समझ में आ गया था और प्रिपरेशन के वक्त बाला साहब की प्रिपरेशन के टाइम पे कि मैंने इसकी मिमिक्री नहीं होनी बाला साहब की मिमिक्री नहीं होनी चाहिए न कॉपी होनी चाहिए और लगना भी चाहिए कि बाला साहब ठाकरे है चैलेंज यह था कि हजारों लाखों वीडियोस हैं बाड़ा साहब ठाकरे के हर आदमी ने देखे हुए हैं सब ने देखे कि बाला साहब कैसे बोलते हैं कैसे हाथ को ऐसे ले जाते हैं एक बार यह हुआ था कि हम मैं जब इसकी शूटिंग कर रहा था ठाकरे मूवी की शूटिंग कर रहा था मैं तो उद्धव साहब ठाकरे जो है वहां पे आ गए थे वैनिटी में बैठे थे मेरे सामने तो मैं मेरा हाथ ऐसे था लाइक like दैट तो बोले आपने हाथ ये ऐसे क्यों रखा हुआ है मैंने उनका हमेशा ऐसे ही रहता था तो और यही वो क्या होता था वो सिगार पीते थे और सिगार ऐसे पिया जाता है कुछ ऐसे और इसलिए उनका हाथ हमेशा नॉर्मली भी रहता था तो ऐसे रहता था और यहीं से जब स्पीच देते थे यहीं से ये जाता था जो उनका सिग्नेचर वो जेस्टर था तो वो शॉप हो गया कि इतनी डिटेलिंग इतनी डिटेलिंग आपने ली है तो जब वो फिल्म देखी जब फिल्म देखी उन्होंने तो फिल्म देखने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि वाकई बहुत स्टडी की है आ, नवाज ने उनके बाड़ा साहब के ऊपर तो मुझे खुशी हुई थी कि थैंक गॉड कि ये सारा किस लिए हो रहा है पैशन की वजह से हो रहा है एक पैशन है उसके बाद आपके एक्सपीरियंस आप है आपकी नॉलेज है आपकी ट्रेनिंग है उससे ये सारी चीजें निकलती हैं लाइक मंटो ये जितने भी कैरेक्टर्स हुए वो सब हवा में नहीं हुए या लकीली नहीं हो गए उनके लिए बाकायदा बहुत छोटी छोटी मेहनत की छोटी छोटी डिटेल इकट्ठी की गई स्कोर बनाया उसका उन डिटेल्स का तब जाके वो कैरेक्टर जो आप देखते हैं वो एक अलग इंसान अल, एक अलग इंसान दिखता है वो मैंने कभी भी हीरोइज्म या इन सब चीजों पर बिलीव नहीं किया जब आज मुझे बोलते हैं कि तुम तो स्टार हो मैं सच आज भी मुझे यकीन नहीं होता कि मैं हुआ हुआ जो लगता है कि मैं मैं एक्टर ही हूं और मैं आज भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं नई नई डिटेल्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं स्टार होता है कि जब होता, एक जैसा होता है और तीस चालीस साल तक एक जैसा करता चला जाता है वो मुझे वो नहीं बनना अगर मैं ये करूं तो शायद दूसरे दिन ही वोर हो जाऊंगा मैं मुझे हर रोज नए कैरेक्टर ढूंढने के बीच में रहना है क्योंकि लोगों ये बीच में रहने से बहुत सारी चीजें मिलती हैं मैंने एक रोल किया था लंच बॉक्स में पता नहीं कितने लोगों ने देखी वो फिल्म मुझे नहीं मालूम उसका कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरा जो दोस्त था जो मेरे रूम पार्टनर स्ट्रगल के टाइम पे मेरे साथ रहता था तो मैंने उसी को सेम उसी की डिटेल मार दी उसमें फिल्म में जब पिक्चर रिलीज हुई तो उसने देखी उसको लगा अरे ये तो मैं हूं अब वो भी एक्टर था उसके बाद जब वो फिल्म इंडस्ट्री में किसी के पास काम मांगने जाता था तो लोग उसको बोलते थे यार ये ऐसा मत करिए नवाज ने कर दिया कुछ दूसरा कर तो बोलता हम तो ओरिजिनल में ही ऐसे हैं उन्होंने हमारा कॉपी किया है कहने का मतलब यह है कि लोगों के क्या होता है स्टार्स हमेशा शीशों के घरों में रहना शुरू कर देते हैं उनको बैंडरा में उनको मतलब किसी ऐसी जगह पर रहते हुए दूसरी जगह क्या है अगर आप चाहते हैं रोज हर फिल्म में एक नई पर्सनालिटी क्रिएट करें तो लोगों के बीच में रहना पड़ेगा आपको भले थोड़ी परेशानियां होती है बट रहना पड़ेगा उनके बीच में मेरा तो ऐसा मानना है